चील का आहार क्या होता है आज के वीडियो में हम चील के बारे में जानेंगे चील को अंग्रेजी में काइट के नाम से जाना जाता है यह सक्सेपिडिटी से संबंधित है दुनिया में इस पक्षी की 22 प्रजातियां पाई जाती है चील शिकारी पक्षी है और उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। नर और मादा दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन मादाए पुरुषों की तुलना में वजन और आकार में बड़ी होती है इस पक्षी का रंग भूरा या काला होता है इस पक्षी के पैर छोटे होते हैं चोंच छोटी और नुकीली होती है लेकिन बहुत लंबी और पंजे नुकीले होते हैं इस पक्षी की पूंछ दो भागों में बंटी होती है चिल शिकारी पक्षी है और इससे हमें पता चलता है कि यह एक मांसाहारी पक्षी है चिल मेंढक चूहे, मछली और छिपकलियों की तरह खाना खाती है चिल का पसंदीदा भोजन मुर्गिया या किसी भी पक्षी के चूजे हैं। चील कहा रहती है चील भारत म्यांमार बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका और पाकिस्तान में बड़ी संख्या में पाई जाती है चील को मानव बस्ती में रहना पसंद करते हैं अपना घोंसला बनाते समय वे नारियल पीपल जैसे ऊंचे पेड़ों का चयन करते हैं ब्लैक काइट एक मध्यम आकार का गहरे रंग का पंख वाला पक्षी है जो जिनस ऑक्सी ऐसी संबंधित है जो गिलहरी की एक बड़ी प्रजाति है अब इन पक्षियों की संख्या करीब 10 लाख है ये पक्षी शीतोषण कटिबंध में रहना पसंद करते हैं ब्लैक काइट रेड काइट से आकार में थोड़ी छोटी होती है आइए जानते हैं, ब्लैक विंग्ड काइट को ब्लैक शोल्डर काइट के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार की चिल देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती है इस पक्षी का पिछला भाग गर्दन से पूछ तक हल्के भूरे रंग का होता है नीचे उतरते ही रंग गहरा भूरा होता है इस पक्षी के ऊपरी पंख पूरी तरह से काले और अंदर से भूरे रंग के होते हैं गला और पेट सफेद होता है पैर पीले होते हैं और नाखून बहुत तेज होते हैं आंखें लाल है और भौहे काली है चौच छोटी और काले रंग की होती है और सीरा नुकीला होता है ये पक्षी यूरोप एशिया अफ्रीका स्पेन और पोर्तगाल में पाए जाते हैं आइए जानते हैं अब सफेद पुछ वाली चील को वहाइट टेल्ट काइट संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाने वाला एक पक्षी है इस प्रकार की चील की लंबाई 30 से तैतालीस सेमी होती है इन पक्षियों के पंखों की लंबाई 35 से 40 सेमी और वजन 250 से 400 ग्राम होता है यह चील ब्लैक विंग्ड काइट के समान होती है लेकिन उसकी पूंछ सफेद होती है इसको चिल क्यों और कैसे कहा गया है ये भी जानते हैं। यह बहुत जोर से चीची करती है इसी से इसका नाम चिल या चिल पड़ा है हिंदू लोग अपने मकानों पर इसका बैठना अशुभ समझते हैं और बैठते ही इसे तुरंत उड़ा देते हैं जानते हैं चिल कितनी दूर तक देख सकती है चिल बाज और गिद्द जैसे पक्षी हमसे चार गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं जो चीज हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी आठ मीटर की दूरी से देख लेते हैं चिल पक्षी की उम्र कितनी होती है एक बाज की औसत उम्र तीस छत्तीस वर्ष होती है चील का सिर पर पंजा मारने से क्या होता है सिर के ऊपर चील या कुआ का बैठना मृत्यु के समान कष्ट का सूचक माना जाता है ऐसे में व्यक्ति को गंभीर रोग का सामना करना पड़ता है चिल का झपट्टा कब देखते बनता है चिल मांसाहारी पक्षी है वैसे वह रोटी पूड़ी आदि को भी झपट कर उसका भक्षण कर जाती है लेकिन किसी सांपया चूहे को जब वह खेतों से उठाने का उपक्रम करती है तो उसका वह चपट्टा देखते ही बनता है